चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है विचार का चुंबक जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है हम जो बोते हैं वही काटते हैं उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है वो की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है सीप में गिरे तो मोती और यदि विश्वभर के मुख में गिरे तो विष देख है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत स्मरण रखिए हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं जैसा विश्वास रखते हैं यह आपका विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए सकारात्मक रखिए और फल भी सकारात्मक ही आएगा अब से ये सृष्टि बनी है नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है कारण केवल एक है और वो है लगातार चलने की क्षमता जल बढ़ता रहता है चट्टान अडिग रहती इसी कारण जल चट्टान को काट कर मार्ग बना लेता है इसलिए लगातार चलते रहिए रुकिए मत क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं इस फल को देख रहे हैं आप अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं परंतु ये दूरी भी आवश्यक है अब इस फल को ही ले लीजिए अपने जीवन दाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करेगा अभी तो इसके भीतर के बीच से एक नए वृक्ष का सिर्जन भी होगा और कई फल जन्मेंगे सिर्जन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा पीड़ा अपने उद्गम से दूर होनी पीड़ा अपनों से दूर होने इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है और यही अलगाव एक नए सृजन को एक नई सृष्टि को एक नए विकास को, को जन्म देता है इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए उसका स्वागत कीजिए क्योंकि ये विकास की नींव है अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है हम सब अपराधियों से घृणा करते उन्हें कोसते परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए कारण है कामना यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए तो वो तृष्णा में बदल जाती है और तृष्णा लालच में और लालच छल में और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े है ना कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है मनरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं कारण स्वयं सोचिए वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है सोचिए मैं बताता हूं राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए तो समझ लीजिए कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं केवल कामना से नहीं यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यदि आप ऊंचाई पर तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है चूंकि परिश्रम ही जीवन है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है जीवन या जो जीवन में पाया? यात्रा? या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य कर्म या उसके फल बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना परंतु तनिक धीरथ से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए स्वयं सोचिए मान संतान धन नहीं ना अंतिम लक्ष्य है परम आनंद और ये अचानक से नहीं मिलता इसे पाने का केवल एक ही उपाय और वही आपका कर्म वही आपकी यात्रा भी और वही आपका प्रारब्ध भी है और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है वो है आपका मन जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें संसार का कल्याण किसमें आनंद किसमें यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है जो आपकी यात्रा आपका लक्ष्य आपके कर्म और उसके फलों को सब सबको शुभ बना सकता है इन पक्षियों को देख रहे हैं आप इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है, है ना इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं पर कभी सोचा है इस उड़ान को इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का इस स्वतंत्रता का ये मूल है यदि आप ये दे सकते तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्षा ना करें उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है प्रेरणा लें प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं।